Forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, fifty, fifty-one, fifty-two, fifty-three, fifty-four, fifty-five, fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, fifty-nine, sixty, sixty-one, sixty-two, sixty-three, sixty-four, sixty-five, sixty-six, sixty-seven, sixty-eight, sixty-nine, seventy, seventy-one. और आगे थ्री सिक्स बढ़िया हो जाएगा हो जाएगा पाँच और और और होएगा होएगा होएगा होएगा 90 दस और दस और दस और दस और दस लास्ट दस लास्ट दस लास्ट दस टीवन ए टू लो लास्ट दस टी होएगा 24 95 90, 25, 96 होएगा 7 97 uh, लगेगी लगेगी लगेगी चार 97 98, 99, देखो, अभी भी दस, भी भी दस रह रह रही रही है, है, सात आठ ज्यादा टाइम 20 दिन बचे हैं, 20 दिन दस 11, 12, 13, 14, बारह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस दसौर हो जाएगा, 24, 25, होएगी चौबीस पच्चीस मुड़ रही है मुड़ रही है मुडरी रेस्ट ले लो कोई नहीं कोई नहीं, नीला दो लगेगा लगेगा एक और पैतीस चौंतीस और पैतीस और छत्तीसगढ़ एक दूरिया छत्तीस 40. Last pass, boy. Last pass. 40. Yes. 40. Yes. 40. Last pass. Yes. 40. Yes. Will he? Yes. 40. Oh my God. Hehehehe. <laughs> 40. No. <laughs> Punch. <laughs> <laughs> last. 50, लास्ट पाँच और लास्ट और जाएगा ला कैमरा ले ले कैमरा 52, वो लगर वो, वो कर रहा था वीडियो में नहीं, नहीं है, वो नम भाई जी ने डेढ़ सौ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ठीक है भाई जी ने कर दिया बीट है ये वीडियो देखिए पूरा पारक देख रहा है ना, पूरा पारक देख रहा है लोग बना ब्लॉक बना रहा है